फैक्ट नंबर वन शराब कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एक बुंद बिच्छू को हमेशा के लिए पागल कर सकता है या उसे मार भी सकता है नंबर टू इजिप्ट की रानी क्लियो एक ऐसे टाइप के लिपस्टिक का इस्तेमाल करती थी जो चीटियों के चूरन और गहरे लाल कैरमिन बिटल्स के बने होते थे नंबर थ्री मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है क्यूँकी इसकी वजह ऐसी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा मौतें होती है जो की शार्क मछली ऐसी कई गुना ज्यादा है नंबर फोर आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाँच करोड़ लोग हर समय नशे में रहते हैं क्या आप नशा करते हैं हमें कमेंट करके बताएं। नंबर फाइव दुनिया में गिलियम नाम का एक ऐसा मेटल पाया जाता है जिसे आप सिर्फ अपने हथेली पर रख लोगे तो ये इतने में ही पिघल जाएगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें